पुनः स्वागत तो इस छोटे हिस्से में हम एक अन्य छोटी सी दिलचस्प डिवाइस की चर्चा एक ओपन सिस्टम के तौर पर करेंगे आइए मैं पहले इस प्रॉब्लम को पढ़कर सुनाता हूँ और बाद में हम इस डिवाइट की चर्चा करेंगे तो हमारे पास है 10 बार पर वेट स्टीम एक थ्रॉटलिंग कैलोरी मीटर से गुजरती हुई यह है वह डिवाइस जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं स्टीम की थ्रॉटलिंग के बाद स्टेट है जीरो बार वन डिग्री सेंटीग्रेड थ्रॉटलिंग के बाद स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है तो यह है प्रॉब्लम आइए पहले डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो सामान्य रूप से जब हम किसी सिस्टम की स्टेट का पता लगाने की कोशिश करते हैं हम इसके दो गुणधर्म पाने की कोशिश करते हैं और हम पाते हैं कि बहुत बार प्रेशर और टेम्परेचर ही है जो आसानी से नापे जा सकते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास एक प्रेशर गॉज हो सकता है और हमारे पास या एक थर्मोमीटर या किसी तरह का थर्मोकपल को नापने के लिए हो सकता है और एक बार हमें ये दो गुणधर्म मिल गए, सिस्टम की स्टेट पता करना आसान हो जाता है यह दो ही काफी हैं। तो एक फेस चेंज जोन में क्या होता है टी लागू हो सकते हैं माना कि यह सेचुरेटेड लिक्विड पार्ट एक ही पी और टी इस सैचुरेटेड पार्ट पर लागू हो सकते हैं या बीच में कहीं भी जहाँ ड्राइनेस फ्रैक्शन लगातार जीरो और एक के बीच बदल रहा है तो यदि हमें वास्तव में सिस्टम की स्टेट चाहिए हमें ज़रूरत है या पी और ड्राइनेस फ्रैक्शन की या टी और ड्राइनेस फ्रैक्शन की और यह काफ़ी होगा लेकिन हमें यह ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे मिलता है माना हमें पी पता है तब हम जानते हैं कि हम किस आइसोबार पर हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स का पता करना है तब हमें यह यू या एच या एस की जरूरत होगी यदि आप यह जानते हैं हम उस खास प्रेशर के लिए लिक्विड स्टेट में U और वेपर स्टेट में U का इस्तेमाल कर सकते हैं और X का पता लगा सकते हैं क्योंकि आप बस इसे इंटरपोलेट कर सकते हैं ऐसा H और S के लिए भी कर सकते हैं लेकिन यह मुश्किल होगा और एक अन्य तरीका आगे बढ़ने का एक थ्रॉटलिंग कैलरोमीटर है तो उदाहरण के लिए यदि यहाँ एक फ्लो है और आपने किसी तरह पी और टी माप लिया है और आप देखते हैं कि वे एक ही सैचुरेटेड लाइन के अनुरूप हैं मेरा मतलब है उस पी के लिए जो आपने मापा है टी है टी सेट तो उसका मतलब है कि हमें ठीक से पता नहीं कि फ्लो का ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या है ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं हम फ्लो का एक छोटा अंश निकालते हैं और हम इसे थ्रॉटल करते हैं तो हम क्या करते हैं जब हम थ्रॉटल करते हैं हम इसका प्रेशर कम करते हैं तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर ज्यादा है हम इसे कम करके एक निचले प्रेशर पर ले आते हैं उदाहरण के लिए आप ऐसा ही करते हैं जब आप एक नल को थोड़ा खोलते हैं बाहर का प्रेशर वायुमंडल का प्रेशर है और पाइप के अंदर का प्रेशर उस हेड का प्रतीक है जो टैप और उस ओवर टैंक जिसमें यह इकट्ठा किया हुआ है के बीच में है या आप इसे रेफ्रिजरेटर्स में ले सकते हैं यह है एक लंबी पतली ट्यूब जिसके आर पार प्रेशर एक ऊंचे प्रेशर से एक निचले प्रेशर में बदल जाता है कंडेंसर में हाई प्रेशर होता है इवोप्रेटर में लोअर प्रेशर होता है हमने इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं की है लेकिन यही आप सामान्य रूप में देखते हैं या उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ एक छोटा वॉल्व है जो एक हाई प्रेशर गैस को बाहर जाने देता है तो वह प्रोसेस है थ्रोटलिंग और यही है हम यहाँ करते हैं हम एक छोटा पोर्शन बाहर निकालते हैं जो कि आप अंदर जहाँ भी आप माप रहे हैं कंडीशंस को नहीं बदलता और वेलोसिटीज यहाँ नग्न है और यदि हम इसे एक निचले प्रेशर पर एक्सपेंड करते हैं आप देखिए कि क्या होता है यदि यहाँ हमारे पास एक एचएस डायग्राम है और यदि यह वेड जोन में है और मैं एक निचले प्रेशर की तरफ जाना शुरू करता हूँ मैं मूल रूप से इसे बहुत एक्सपेंड करूँगा जरूरी तौर पर यदि मैं एक ही ट्यूब डायमीटर रखूं, अब क्या होगा कि जब प्रेशर नीचे गिरता है डेंसिटी भी नीचे गिरती है और स्टेडी स्टेट में यदि हम एक ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बनाए रखना चाहते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी यदि ट्यूब डायमीटर एक ही रहता है और सामान्यतः यहाँ एक चौड़ा क्रॉस सेक्शन दिया जाता है जैसे ही आप प्रेशर नीचे गिराते हैं यह है प्रेशर रिडक्शन डिवाइस जो एक छोटी ट्यूब जैसे या एक तरह के वॉल जैसे दिख सकती है और क्या होता है क्योंकि आपने इस रेंज में भी एक पर्याप्त बड़ा क्रॉस सेक्शन दिया है वेलोसिटी बहुत कम है और आपको ज्यादा बड़ी वेलोसिटी से भी लेन देन नहीं है आप मान सकते हैं कि यह अच्छी तरह इंसुलेटेड है तो यहाँ कोई Q डॉट नहीं है या Q डॉट नग्न है यहाँ कोई वर्क ट्रांसफर नहीं है और यदि मैं देखूँ कि यह एच एस डायग्राम पर कैसा दिखता है यहां यह है हाई प्रेशर लाइन यह है लो प्रेशर लाइन आप इस पॉइंट पर हैं और यदि मैं फर्स्ट लॉ लिखता हूं क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट हम देखते हैं कि यहां हाइट्स में कोई बदलाव नहीं है इसलिए यह नग्न है हम पहले ही कह चुके हैं हमने यह अच्छी तरह से पक्का कर लिया है कि यह नग्न है और यह भी वेलॉसिटी से कम है क्यू डॉट जीरो है यह आइडियाबैटिक है यहाँ कोई W डॉट नहीं है और अब हमारे पास क्या रहा हमारे पास बस यह है He ई माइनस बराबर है जीरो के या He बराबर है HI के इसका क्या मतलब है इसका मतलब हम यहाँ तक चले हैं और लोअर प्रेशर लाइन पर एक स्टेट तक पहुँचे हैं तो यह है P लोअर और यह है P हायर तो इस स्टेट की एंथल्पी वही है जो इस स्टेट की है लेकिन हमने यह सुनिश्चित किया है कि हम यहाँ सुपरहीटेड जोन में आ गए हैं क्योंकि यहाँ यह सेचूरेटेड लाइन है तो यही है जो हम वास्तव में सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसे जोन में आते हैं जहाँ एक अलग पी और एक अलग टी है क्योंकि यह सुपर जोन में है यह एक वेपर है तो यदि मैं P और T को मापता हूँ तब मैं यहाँ H को ठीक से दर्शा सकता हूँ और यदि मैं यहाँ H को ठीक से दर्शा सकता हूँ क्योंकि यहाँ H और यहाँ H एक ही है मुझे P के अलावा और क्वांटिटी मिल जाती है और अब मुझे X मिल जाता है तो यह है सारा सिद्धांत तो यही सब एक थ्रॉटलिंग कैलरी में होता है और अब प्रॉब्लम काफी सरल हो गई है हमें यह ज़रूर पता होना चाहिए कि यही हमें करने की ज़रूरत है यदि हम एक ऐसी वैल्यू तक प्रेशर कम करें जहां माना कि हम अभी भी डोम के अंदर हैं तब यह हमारे किसी काम का नहीं क्योंकि यहां अभी भी हमें दो अलग अलग क्वांटिटीज नहीं मिल सकती तो हमें वास्तव में यह करने की ज़रूरत है कि इस जोन के अंदर जाएँ और वही है थ्रोटलिंग कैलरी का पूरा लक्ष्य तो अब क्या होता है हम एच का पता लगा सकते हैं और हम सुपरहीटेड टेबल्स पर जाते हैं और पता लगाते हैं कि दी गई कंडीशंस पर एच क्या है यह दिया गया है 0.75 पॉइंट बार जो है 0.075 पॉइंट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप देखेंगे कि जहाँ तक 0.075 पॉइंट की बात है यह सुपरहीटेड जोन में है तो हम एच ई का पता लगाते हैं और चूंकि एच ई बराबर है एच के और मुझे पी पता है तो मुझे केवल एच और एच को उस पी पर देखना है जो इस खास प्रेशर के बराबर है और आप देखेंगे कि यह एच इन दोनों वैल्यूज के बीच में निहित होना चाहिए और एक बार यह पता चल गया हमें हमारे स्टेट मिल सकती है और इसलिए हमें हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल सकता है इस तरह एक बार हमें यह पता चल जाता है कि ओपन सिस्टम क्या करता है यह काफी हद तक एक सीधी सरल कैलकुलेशन है धन्यवाद